तुमसे ये कहे करें तुम्हें अपनी उल फत में तुम्हें अपनी उल फत में कर देखना है कहैया तुम्हें एक नजर देखना है कहैया तुम्हें ये नजर देखना है अगर तुम हो दिनों के आहो कयातिक अगर तुम हो दिनों के आहो कयातिक तो आहो का या बना आ हो अपना आ हो का अपना असर देखना है कहैया तुम्हें देखे नजर देखना कहैया तुम्हें यखे नजर देखना जहाँ तुम छुपे हो जहाँ तुम छुपे हो नजर देखना तुम्हें नजर देखना